छतरपुर में एक लड़की का आगे बढ़ने का जुनून इतना कि शादी करके वह सीधे परीक्षा देने पहुंच गई जैसे ही लड़की की शादी हुई तो विदाई के बाद लड़की ससुराल न जाते हुए सीधे बीएड का एग्जाम देने चली गई। परीक्षा का ऐसा जुनून की दुल्हन शादी करके सीधा परीक्षा देने यूनिवर्सिटी पहुंच गई। आपको बता दें दुल्हन का नाम रितु नायक है जो ननोर यूपी की रहने वाली है और उसकी शादी बंदीकला निवासी आशीष तिवारी के साथ हुई लेकिन जैसे ही दुल्हन की विदाई हुई तो वह ससुराल न जाकर अपने परिजनों के साथ सीधे यूनिवर्सिटी पहुँच गयी बता दे रितु का बी का एग्जाम था उसके परिजनों ने बताया की उनका परिवार शिक्षा को बहुत महत्व देता है और आज उसका एग्ज़ाम है इसलिए रितु ससुराल ना जाकर परीक्षा सेंटर पहुंच गई हम अभी बीएड के एग्ज़ाम दिलाने के लिए आए हैं मेरे साले की कल शादी थी जो आशीष तिवारी हैं उनकी शादी रितु नायक से कल पंद्रह फरवरी पंद्रह फरवरी को हुई है और आज विदा कराकर हम लोग सीधे पेपर दिलाने के लिए आए हैं क्योंकि आज उनका पेपर बी का भाषा से संबंधित एक बी का एग्ज़ाम था जिस हमारी बेदा होने के बाद